नवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश की विधानसभा के मंदिर में देवी की महाआरती की गई जिसमें विधानसभा के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे इस दौरान प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है नवरात्रि के मौके पर विधानसभा परिसर में नवरात्रि का त्यौहार बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया विधानसभा परिसर में स्थित मंदिर में देवी की महा का आयोजन किया गया महाआरती में विधान के प्रमुख सचिव के साथ बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए इस दौरान देवी की आरती के साथ भगवान शंकर और हनुमान जी की आरती गाई गयी आरती के दौरान महिलाओं ने भजन कीर्तन किया और लोगों ने स्वेच्छा दान किया विधानसभा प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने महाआरती करने के बाद सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी उन्होंने कहा देवी मां सब पर कृपा करें सभी को प्रयास करना चाहिए कि पर्यावरण के संतुलन को बनाकर रखें के लोगों ने सारी सभी लोगों ने सामूहिक रूप से यहाँ आयोजन किया और माँ दुर्गा की आरती की भजन किया और निश्चित तौर पर बहुत अच्छा माहौल यहाँ बनाया है तो इस तरह के माहौल से पूरे न केवल कार्यस्थल पर बल्कि परिवारों में भी वो आती है सुख शांति आती है और अच्छे ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं तो इसी साधना पर्व को हम सभी ने यहाँ सामूहिक रूप से मनाया है और हमने भी सभी को शुभकामनाएँ है दी हैं कि उनके जीवन में सुख समृद्धि आए और परमात्मा और शक्तियाँ हमारे जीवन में प्रवेश करें और हम अच्छे ढंग से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें कर अपने सचिवालय दायित्वों का निर्वहन कर सकें और समाज में अपने जो दायित्व हैं उसको भी सही ढंग से निर्वहन कर सकें सुख शांति ला सकें माँ भगवती का दरबार हमको छोटे से एक मरिया के रूप में मिला था जब ये भवन निर्माण हो रहा था उस समय जो लोग यहाँ लेबर लोग काम करते थे जो लोग भवन बना रहे थे उन लोगों ने यह माँ भगवती का स्थान छोटा सा बनाया था आज इसका विस्तार बहुत बड़े स्तर पर हो गया है और पूरे सचिवालय कर्मचारी की तरफ से यहाँ दोनों नवरात्र नवरात्रि के अंदर माँ आरती करते हैं हम पंचमी दिवस पर हवन पूजन आदि होती है माँ भगवती की अच्छे से आराधना करते हैं और ये एक शक्तिपीठ बन गई है यहाँ पर कई लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही है और आप जितने भाई आए सभी का स्वागत है नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन